भोपाल में बाबा पुरुषोत्तम नंद महाराज ने भूमिगत समाधि ले ली है पुरुषोत्तमानंद महाराज माँ भद्रकाली विजय सिंह दरबार के आध्यात्मिक संस्था के संस्थापक हैं इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे भोपाल में बाबा पुरुषोत्तम नंद महाराज ने भूमिगत समाधि ले ली है बाबा की समाधि स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे बाबा तीन दिन तक भूमिगत समाधि साधना में रहेंगे बाबा की समाधि स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा मामला टी नगर थाना इलाके का है आपको बता दे बाबा पुरुषोत्तमानंद माता मंदिर के पीछे निवास करते हैं बाबा पुरुषोत्तमानंद ने ऐलान किया था कि वह शुक्रवार सुबह दस बजे तीन दिन के लिए भूमिगत समाधि लेने जा रहे हैं इसके लिए बाबा ने बकायदा गड्ढा भी खुदवाया थाने का आग्रह किया था लेकिन अब बाबा ने समाधि ले ली है ये समाधि धारण कर रहा हूँ ये तीन दिवसीय समाधि है आज का नव युवा है। नव युवा वर्ग जो है वो पाश्चत्य पद्धति की ओर जा रहा है मेरा इस, इसी उद्देश्य में समाधि ले रहा हूँ कि नवयुवक को जन जागृति हो और वो अपने भारतीय पद्धति सनातन धर्म की धर्म के प्रति रुचि बढ़े उसकी और सभी का कल्याण हो जब कल्याण और जब की सुख शांति के लिए यह कार्य में कर रहा हूँ आज महाराज श्री पुरुषोत्तमानंद जी समाधि की साधना कर रहे हैं समाधि लेना और समाधि की साधना करना उसमें जमीन और आसमान का अंतर है जो समाधि की साधना हमारे पूर्व काल से ऋषि मुनि बड़े बड़े संत महात्मा इस विश्व कल्याण के लिए इस साधना का हमेशा उपयोग करते रहे अभी दृष्टान्त दें आपको कि उन्नीस में हमारे यहाँ नागा बाबा आश्रम में महाराज दर्शन दर्शनगिरी जी महाराज जी ने समाधि ली थी ये समाधि ये महाराज श्री अपने लिए नहीं जन कल्याण के लिए अपने भक्तों के लिए संसार के लिए प्रकृति के लिए आपके यहाँ सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए इन ये साधनाओं का संत लोग जो है अनुष्ठान करते हैं एक बड़ा अनुष्ठान है बेस्ट रिजल्टिंग सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन